यो वाट्स बहुत गंदा बीट बॉक्सिंग किया मैंने तो चलो फास्ट फास्ट उधर दूर में कुछ घरों में चलते जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी चलो भागो भागो चल जल्दी चल के देखता हूँ कोई कुछ मिलता है क्या इधर मेरे को लेवल का वेस्ट मिल गया था चलो देखता हूँ इधर कुछ है क्या चलो कुछ भी नहीं है तो गाइज जिस जो भी चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो ओ माय गॉड गन मिली चलो फास्ट फास्ट लूटते रूपते ऐसा हमारा कुछ तो मिला है चलो चलो जल्दी जल्दी इधर एक कैम भी मिल गई तो चलो फास्ट फास्ट बंदूक कलेक्ट करके निकलते हैं। तो इधर क्या कर रहे है और इधर गोली कौन चला रहा है बाजू में चलो देखते हैं। तो जल्दी जल्दी चलो यार अरे चलना क्या तो कितना धीरे धीरे चलता है ये प्लेयर हर एक को चुन चुन के ये हमें हम लोगों को गोलियां देने आया था बिचारा छोड़ो अभी घर पे घर को जाके लूट के आता हूँ भागो भागो भागो भागो भागो इधर बैंदेजी मिल गई है जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं हम लोग देखते कुछ मिलता है क्या घर के अंदर फ्लेयर गन वगैरह वगैरह तो इधर मैं बहुत बुराई खेलता हूँ ऐसे में तो मैं अपना गेम प्ले इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहा हूँ और हाँ जो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लो और किसी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लोगे तो अच्छा होगा तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग पास्ट पास्ट अरे ओ किधर जा रहा है ये लोग बिल्डिंग के ऊपर पता नहीं क्या कर रहे चलो देखते फिर देखता हूँ कोई आत्मा आ रहा नहीं है ना चली चली उतर के चलते इधर पहला नंबर वाला क्या कर रहा है चली जल्दी भाग भाग के जाते इधर इधर क्या है, ये सब क्या कुछ भी कचरा मिल रहा है चलो ऊपर जाके देखता हूँ इधर कोई गन विन मिली क्या नहीं यार कोई गन विन नहीं है यार कुछ तो दे दो ऐसी गन है फ्लेर गन फ्लेयर फ्लेयरगन अरे यार जो भी चीज़ जो भी लाल चीज़ तो देखता हो लगता है फ्लेयर गन है चलो अभी ये चौथा नंबर वाला क्यों बुला रहा है चलो चलते इसके पीछे पीछे ही जल्दी जल्दी भाग भाग के जाते हैं और क्या करेंगे हम लोग यही तो काम है जिंदगी में चलो फिर चलते लिए अबे किधर जा रहे वे अभी यार शी तैयार चला गया वो चलो मैं क्या करूँगा मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ और क्या करूँगा मैं चलो फिर चलते धीरे धीरे भाग भाग के तो गाइज जिसने भी डिस्काउट ज्वाइन नहीं किया है तो डिसकाउट भी ज्वाइन कर लो और थैंक्स फॉर 65 फाइव सब्सक्राइबर्स और आपको पता है ना 100 सब्सक्राइबर्स पे फेस रिविल होने वाला है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो बाहर क्या झाकरे अंदर कुछ? हाँ चलो अंदर घुस गया अरे इधर गोलिया बहुत कम मैं पहले तो साउंड थोड़ा सा कम कर लेता तो। हूँ तो तीसरे वाले को भी हम पिकअप कर लेते हैं थोड़ा बूस्ट ट्विस्ट मार लेते फोन को ताकि रैम भीम क्लियर हो जाए और तगड़े लेवल पे खेल पाए हम लोग तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी इधर बाजू में रेड जोन भी है यार कोई ड्रॉप बिट मिल गए तो मज़ा आ जाएगा तो चलो फास्ट फास्ट जाके लूटते हैं सामने ही घर इतने बंगलो है ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग कमेंट्स करके बताना ये घर को क्या बोलते हैं वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताना और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करके बता देना क्या बुराई है मेरे इस वीडियो में और और आपकी मर्जी आप लोग लाइक भी कर सकते हैं डिसलाइक भी कर सकते अरे कहना क्या चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा तो चलो देखते कुछ मिलता है क्या इधर काम का चीज जल्दी जल्दी यार चलो इधर बाजू में रेड जोन है मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा उसमें तो इतना प्रो, प्रो प्लेयर वो नहीं नूब हु है थोड़ा सा अगर आप किसी प्रो को नूब बोलोगे तो भी कुछ मतलब फर्क फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको पर अगर आप नूब को नूब बोलोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जैसे अगर मेरे को किसी नूब बोला तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो चलो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के निकलते इस जगह से अरे यार किधर जाना चाहता हूँ तो चलो गाड़ी में बैठ जाता अरे यार धक्का क्यों मार रहा है मारूंगा तेरे को मार रहा है तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं हम लोग वो तीसरे किधर जा रहा है आ जाए यार ये पहले तो ये इतना लैग हो रहा है ना फोन मेरा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो कितनी बार बोलूंगा मैं सब्सक्राइब करने यार तो बाजू में एक बगी भी है ये चौथा वाला बंदा खुद खुद में है यार अकेला के लिए इतनी दूर आ गया अगर किसने रश कर दिया तो क्या होगा इसका चलो मैं भी उतर जाता हूँ इधर चलो चली घर को लूट लेते लूटा पार्टी कर लेते जरा सा देख देख बंदे मारू या ना मारूँ बेस्ट लूट कलेक्ट करके जरूर रखता हूँ मैं तो चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ इस चीज के लिए मेरे को एक शायरी याद आ रही है तो शायरी जरा सुनना अगर मैं नूब भू तो क्या हुआ अगर मैं नूब नूबू तो क्या हुआ पर भी भी? भी? तो एक नूब है। अरे, अरे कुछ भी। कुछ भी। शायरी मारा मैंने। छोड़ो, चलो ये इस शायरी पे एक लाइक जरूर कर देना ये छोटा सा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है। तो चलो हम लोग तेस्ला फैक्ट्री आ गए आ तो नहीं दूर है इधर पिटने जरूर वाले ये लोग क्यों आ रहे हैं मेरे को पता नहीं वैसे मैं वैसे मैं इधर लूट बहुत अच्छी मिलती है पर इधर रिक्स भी बहुत रहता है तो चलो चलिए जल्दी देखते क्या होता है इधर हम्म देखता कोई है क्या अरे कोई नहीं है ठीक है चलो हम्म देखना आपको इधर कैसे पिटाई होती है बंदों की चलो चलो देखते कुछ लूट वीट मिलती है क्या अरे कुछ नहीं है इधर तो चलो फास्ट फर्स्ट जाके देखते कुछ मिलता है क्या इधर क्या मिला ये क्या सब कचड़ा पेटी मिल रहा है कुछ अच्छा मिलो हुआ यार फ्लेयरगन वेर गन उधर कहते हुए पेटी पड़ा हुआ है इतना पड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या है इसके अंदर ड्रॉप होता है अच्छा वाला यार कुछ नहीं है खाली पड़ा रखा है खाली क्यों रखा है धब्बा भी लेके जाते है अपने साथ चलो जाके देखते हैं इधर कौन इतना ज़्यादा कील कर रहा है कील पर कील हो ही जा रहे हैं लोग तो चलो जाके देखते हैं अगर किसको मेरे साथ भी जी खेलना है तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं देखो टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए हाँ पर अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया अच्छी तरीके से तो मैं डेली वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा आपको तो पता ही है मैं टाइम पे वीडियोस नहीं डालता हूँ बिल्कुल भी तो सपोर्ट दिखाओगे तो वीडियोज़ भी टाइम पर आएगी वैसे मैं इधर बाजू में गाड़ी आ रहा है तो कोई गाड़ी आ रहा है मतलब स्कॉर्ड आएगी बाप रे बचो मम्मी देखते चलो इधर बंदे बंदे आ गए भरे गए एक भी किल नहीं मारा है मैंने वैसे मैं अभी तक तो चलो जल्दी जल्दी इसको हेल्थ किट वगैरह तो चाहिए क्या ओए हेलो फिर गोली विली चल रही एक नंबर ये ले ले अबे किधर जा रहा है पैसे की चलो जल्दी इधर कुछ भी काम का नहीं है इधर फायरिंग हो रही है मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है इसमें तो चलो इसमें इधर फोन इतना लैग हो रहा है ना क्या बताओ बहुत हार्ड लेवल वाला लैग हो रहा है खतरनाक वाला यार एफ पी जो ड्रॉप हो रहा है ना चलो देखते इधर इधर बंदे है तय करते हैं इधर इधर बहुत खतरनाक लेवल वाली फायरिंग हो रही है अरे यार किसने मारा अरे यार क्राउच हो जा अरे यार अबे यार क्राउच तो हो जा अर यार मार दिया इसने अरे यार अर्शित अरे यार अभी तो मार दिया यार एक नंबर आजा प्लीज बचा ले अरे बचा ले हेल्प अरे हेल्प भाई हेल्प हेल्प अरे यार बचाओ यार अबे अर्शित यार, यार मार मर जाऊँगा मैं अब अबे आजा बचा ले यार अरे क्या ये अरे ये शीत तो गाई वीडियो को लगा लाइक कर देना तो गाइस बताना ये गेम प्ले कैसा लगा और मेरा नूप वाला गेम प्ले अगर आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना वीडियो को जो भी करना है सब्सक्राइब करना है जो भी करना है कर देना और हाँ ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब करने नहीं आता है तो सब्सक्राइब वाले बटन को घुसा मारना या फिर सर मारना जो भी मारना बस क्लिक हो जाना चाहिए इसमें कैरी का आउट रुपये दे रहा हूँ क्या पता तो कुछ भी करो सब्सक्राइब कर दो ताता बाय बाय